गवाही ना मांग मुझसे कि मैं मोहब्बत में तुझे कितना चाहता हूँ गवाही ना मांग मुझसे कि मैं मोहब्बत में तुझे कितना चाहता हूँ अरे वो खुदा भी मुझसे परेशान है कि अरे वो खुदा भी मुझसे परेशान है कि मैं हर दुआ में तुझे ही क्यों मांगता हूँ वक्त ने हमको चुप रहना सिखा दिया और हालातों ने सब कुछ रहना सिखा दिया वक्त ने हमको चुप रहना सिखा दिया और हालातों ने सब कुछ सहना सिखा दिया अब किसी की आस नहीं ज़िंदगी में क्योंकि इन तन्हाइयों ने हमें अकेले रहना सिखा दिया